हसदा बैग के जगनो में पुल जा बी हस दे जाए खुद से लगे लगे तेरे नीले नीले से शबनम पी तिर गीले, गीले हो धोम की सरगम पी पीने का मौसम